हेलो दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नेक्स्ट एपिसोड में हम सब देखेंगे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ चुके हैं चालू पांडे जी हाँ दोस्तों चालू पांडे आ चुके हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे उनके आने के पीछे क्या रीजन है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा पर हाँ दोस्तों जेठा जैसे ही चालू पांडे जी को देखता है तो वो खबर जाता है कि आखिर मैंने इस बार क्या गलत कर दिया है कि चालू पांडे हमारी दुकान पर आए हैं वहाँ पर पोपटलाल पहुंच जाता है पोपटलाल ने आग में घी डालने का काम किया और उसने बोला कि ये जो स्कीम है वो फ्रॉड है इसीलिए चालू पांडेगढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स पे आए हैं ये बात सुनकर वहां पे जो भी लोग मौजूद थे वो सब हैरान हो जाते हैं वो सब ये देख के डर जाते हैं कि क्या ये स्कीम रियल में फ्रॉड है ये बात सुनते ही जेठा पोपट पर गुस्सा हो जाता है और पोपट को बोलता है कि स्कीम फ्रॉड नहीं है तुम खुद फ्रॉड हो तो पोपट वापस उसे जवाब देता है कि स्कीम फ्रॉड ही है तो दोस्तों ये देखना बहुत मज़ेदार होगा कि आखिर में इस स्कीम के पीछे क्या है क्या रियल में ये स्कीम फ्रॉड है या फिर कोई और कारण है तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा और ऐसे ही और वीडियोज़ और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें मैं को...